अनजाने में तूने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया अगर तू अभी उसे सॉरी बोलता है तो हम कॉम्प्रोमाइज करके पार्टी करेंगे वरना ऐसी पिटाई करूंगा कि इतनी दवाइयां भी कम पड़ जाएंगी अब जल्दी बता दे तू आखिर चाहता क्या है पार्टी या पिटाई